ना खाल बोम्बल कर छुरी झा कह कर तुलस हमें बह कर वापस वापस कर सोच ये करो इतना बोरलो दा करनी का जा का तो बात ये ये ये ये हत्या जहरबा कर्शन निखरें तत् कमलो ना अनाना मे मे पानस हवा यार लगवी लक्षा मे गगर मार्ग नारत डुन सा